दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान हर सेकंड में 1.2 पॉइंट डेटा को जनरेट करता है और इस हिसाब से वह पर मिनट 102 सौ पर आर 620 बीस MB, पर डे एक लाख जो कि एक सौ होता है पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 50 जी और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी टोटल पॉपुलेशन इसे अगर हम अपने मल्टीप्लाई करके देखें तो यह इतनी बड़ी वैल्यू आती है जो की अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 2021 में हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ने तेरह पॉइंट सत्ताईस एग्जावाइट्स को स्टोर किया मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा हमारी ब्रेन की पावर टू पॉइंट फाइव्स हैं और मिलियंस ऑफ कीगाइट्स के बराबर है अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना पसंद है तो आप साइंस तो